हेलो दोस्तों नमस्कार आप सब कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे चलिए आज मैं बताऊंगा कि अपने YouTube चैनल के लिए अपने YouTube वीडियो के लिए बहुत सारा प्लेलिस्ट कैसे बनाएं इसके लिए आप सबको हमारे वीडियो क्लास तक देखना पड़ेगा देखिए प्लेलिस्ट से फ़ायदा यह होता है कि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो प्ले में अगर हम सेव कर देते हैं तो कोई सर्च करता है तो प्ले उसके सामने आता है तो प्ले के माध्यम से वो वीडियो को देख लेता है तो हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों तक तो पहुंच पता है तो हम प्लेलिस्ट कैसे बनाएं प्लेलिस्ट बनाने के लिए आप सबको हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आप एक स्टेप को भी मिस स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट कैसे बनाएं चलिए मैं प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आप सब हमारे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप सबको सबसे पहले यूट्यूब को ओपन करना पड़ेगा मैं यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ यूट्यूब को ओपन करने के बाद आप सिंपली अपने यूट्यूब चैनल में चले जाइएगा मैं अपने यूट्यूब चैनल में जा रहा हूँ YouTube चैनल में आने के बाद आपको सिंपली सिंपली वीडियो में चले जाना है उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कितना सारा प्लेलिस्ट बनाया है मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ आप भी प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए आप देखने के लिए आप कौन कौन से प्लेलिस्ट लिस्ट बनाए हैं देखिए मैंने प्ले लिस्ट पे क्लिक कर दिया मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है देखिए यहाँ पर जितना मैंने प्ले बनाया है वो सारा का सारा यहाँ पर शो कर रहा है तो मैं आज यहीं बताऊंगा कि अपने वीडियो में प्लेलिस्ट, अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में सेव कैसे करें प्लेलिस्ट कैसे बनाएं अपने YouTube चैनल पर तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ उसके लिए आप सबको प्लेलिस्ट बनाने के लिए, लिए, तुके। तुके तुके लिए।, लिए आप सबको वीडियो में जाना पड़ेगा यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन होगा इसमें चले जाइएगा यहाँ पर आने के बाद आप जितना भी वीडियो अपलोड किए होंगे यहाँ पर शो कर रहा होगा जितना आप एक वीडियो को चूज कर लीजिएगा मैं फर्स्ट वाले वीडियो को चूज कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद चूज करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है आपको पे कर देना है। रहा होगा, बगल में, यहाँ पे सेव टू प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा सेब टू प्ले लिस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा सेव टू प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे जितना सारा आप प्ले लिस्ट बनाए होंगे यहाँ पे शो कर रहा होगा मैं अगर नहीं बनाए होंगे तो नहीं शो कर रहा होगा देखिए मैंने इतना सारा प्लेलिस्ट बनाया है तो यहाँ पे शो कर रहा है तो मुझे नया प्लेलिस्ट बनाना है तो सिंपली मुझे नी प्लेलिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको भी नया प्लेलिस्ट बनाना है तो नी प्ले लिस्ट क्लिक कर दीजिएगा नी प्ले लिस्ट क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या नाम से प्ले लिस्ट चाहते हैं टाइटल यहाँ पे डाल दीजिएगा क्या टाइटल देना चाहते हैं प्ले का वो यहाँ पर डाल दीजिएगा मैं डाल दे रहा हूँ यूट्यूब टिप्स YouTube Tips मैंने डाल दिया इसके बाद आपको ये इसको प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक कर देना है ताकि लोग आपके प्ले लिस्ट को देखें आपके वीडियो को देखें तो आपको इसको सिंपली पब्लिक कर देना है मैं इसको पब्लिक कर दे रहा हूँ पब्लिक करने के बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है क्रिएट पर क्लिक कर देने के बाद आपका प्ले लिस्ट तैयार हो जाएगा आप फिर जाकर आप अपने प्ले लिस्ट में देख सकते हैं मैं playlist लिस्ट में जा रहा हूँ प्ले लिस्ट में आने देखिए यहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट लिस्ट यहाँ पे आ चुका है इस तरह आप अपने YouTube वीडियो के लिए प्लेलिस्ट लिस्ट बना सकते हैं अपने YouTube चैनल पे जाकर वो भी आसानी से और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है जो भी वीडियो को सेव करना है फिर से थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव पे सेव टू प्ले लिस्ट सेव टू प्ले पे क्लिक करने के बाद आप जितना सारा प्ले बनाए होंगे उसमें से आपको जिसमें मर्जी उसमें आप सेव कर दीजिएगा तो इस तरह आप अपने यूट्यूब वीडियो को प्ले में सेव कर सकते हैं चलिए मेरा यही पे वीडियो समाप्त होता है इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद